I just got me vibe in I want some less wavy Na na <music> na na na na na na na na na मैं रहता हूँ तेरी में तेरी मैं यादों में, यादो में तू तो ही न करती तू तो रातों में मैं खोया तो मैं रहता हूँ तेरे में कुछ न बातों में तू तो ही गु नोर न करती मुझको तू तो रातू मेरा तुम्हें तू तो ही गोर न करती है करती तू रहती तू रातों में नो करती है, है मुझको तुरा तुम्हें तो बात बातों में तेरी में खोया बातों में तेरी में री नीदू में तू करती न पाती न करती मैं खोया मैं रहता खाबो में तेरे में खाबो में खोया हूँ तेरी में यादों में खोया हूँ तो करती हाँ तो मैं सोए हाथों में तेरे में है तो